तुझ में खोया आ रो मैं मुझ में खोई रहे तो खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी तुझ से मैं, मैं मुझसे भी रहे तो खुद से हम मिलेंगे फिर कभी आ, फिर कभी धड़कन कहते मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना लड़कन ये कहती है दिल तेरे बिल एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना तू ही वजह तेरे बिना